हेलो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जे डी में दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और एक ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर भारतीय को पता होना चाहिए और ऐसा भी है कि लोगों को पता नहीं होता उसकी वजह से उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है जी हाँ आज का क्वेश्चन है कि ऐसे कुछ अधिकार या ऐसी कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए और जो बातें आपको पता होंगी तो पुलिस वाले आपसे सावधान हो जाएंगे कि भैया इससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा नहीं तो ये हमारी वर्दी उतरवा सकता है तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों पहला पॉइंट ये है कि कोई भी पुलिस वाला कोई भी पुलिस अधिकारी आपको बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता जी हाँ कोई भी पुलिस वाला आपको बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता लेकिन यहां पे जानने वाली बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि वो आपको बिल्कुल गिरफ्तार ही नहीं कर सकता आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट नहीं है तो आपको बिल्कुल गिरफ्तार ही नहीं कर सकता नहीं कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जिनमें उनको अरेस्ट वारंट की कोई जरूरत नहीं है चीज मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं कि बहुत नॉर्मली बहुत आप इस चीज को बहुत हाई बेस पे देखते होंगे कि पुलिस वाले नॉर्मली किसी को भी उठा के ले जाते हैं थाने में बैठाते हैं परेशान करते हैं रिश्वत लेते हैं और छोड़ देते हैं इसीलिए कोई भी पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करके ले जाता है या उठा के ले जाता है तो आपका अधिकार है कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि भैया आपके पास अरेस्ट वॉरेंट है या नहीं है वो वहीं पर समझ जाएगा कि आपको नॉलेज है तो दूसरा पॉइंट दोस्तों आता है कि कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर आपको उठा के ले जाता है आपने कुछ क्राइम किया है नॉर्मल सक के बेस पर भी कुछ किसी भी बेस पर वो आपको उठा कर ले जाता है तो एक पुलिस वाले की जिम्मेदारी बनती है रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो 12 घंटे के अंदर अंदर आपके घर वालों को इंफॉर्म करेगा कि हांजी मैं आपके ये बेटे को पोते को चाचा को जो भी है जो भी आपका रिश्ता है जिसको भी फोन करेगा उनको बताएगा कि मैं इनको लेकर आया हूं और इन्होंने ये ऑफेंस किया है आप आके यहाँ पे इनसे मिल सकते हैं तीसरा पॉइंट दोस्तों आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसके बेस पर बहुत पुलिस वाले लोगों को उल्लू बनाते हैं बेवकूफ बनाते हैं और लोगों को नहीं पता होता इस वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि अगर आपको गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा 24 घंटे से ज्यादा वो आपको थाने में नहीं बैठा सकते हैं उसके बाद जब भी 24 घंटे हो जाएंगे उसके अंदर अंदर जब आपको पेश किया जाएगा फिर उसके बाद जज जो या जो मजिस्ट्रेट होगा वो डिसाइड करेगा कि अब आपको आगे क्या करा जाएगा आपको थाने में भेजना है छोड़ा जाएगा जो भी है वो डिसाइड करेगा लेकिन चौबीस घंटे के अंदर अंदर पुलिस वालों को आपको पेश करना होगा ठीक है अगर वो नहीं पेश करते हैं तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं तो दोस्तों चौथा पॉइंट यह आता है कि अगर कोई भी पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करके ले जाता है ठीक है तो आपने मोस्टली देखा होगा कि वो हो वहां पे ले जाने के बाद परेशान करते हैं टॉर्चर करते हैं मारते पीटते हैं इसीलिए जो चौथा अधिकार है आपका ये है कि आप उनसे बोलिए कि सर आप मेरा इंस्पेक्शन मेमो करवाइए इंस्पेक्शन मेमो दोस्तों क्या होता है एक टाइप की एक मेडिकल रिपोर्ट होती है मतलब एक आपका आपके एक मेडिकल होगा जिसमें पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में कहा इंजरी है क्या दिक्कत है मतलब ऐसा उसमें ये प्रॉफिट मिलेगा ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि वह आपको मार पीट नहीं पाएंगे टॉर्चर नहीं कर पाएंगे ठीक है तो कभी भी ध्यान रखिए अगर आपके साथ ऐसा होता है या फिर आपके किसी रिलेटिव या किसी जानकार के साथ ऐसा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि एक इंस्पेक्शन वैम होता है एक मेडिकल होता है जिसके बेस पर वो आपको कुछ नहीं कर सकते तो दोस्तों पांचवा पॉइंट ये आता है कि एक महिला को एक महिला कॉन्स्टेबल ही गिरफ्तार कर सकती है एक महिला ऑफिसर ही गिरफ्तार कर सकती है ठीक है, चाहे कैसा भी ऑफेंस हो चाहे कुछ भी हो जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी महिला को गिरफ्तार करने आते हैं तो उनके साथ एक महिला कांस्टेबल या महिला ऑफिसर अवेलेबल होनी चाहिए कोई भी जेंट्स ऑफिसर उनको हाथ नहीं लगा सकता या फिर उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता है इसी के अंदर दोस्तों एक और छठा पॉइंट आ जाता है कि छह बजे के बाद और छह बजे से पहले कोई भी पुलिस ऑफिसर एक महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता है ठीक है ये आपको मोस्टली बार मैंने पुराने वीडियो में बताया है ठीक है और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताए हैं तो दोस्तों सातवां पॉइंट ये आता है कि कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार करने आता है तो आपका राइट right बनता है आपको मतलब पता होना चाहिए कि वो किस बेस पर आपको गिरफ्तार मान लीजिए अगर आपने चोरी कर तो आपको बताया कि आपने ये क्राइम किया है इस बेस पर मैं आपको लेके जा रहा हूं ठीक है क्या था नाम पूछना है उसकी डेजिग्नेशन पूछनी क्या है आठवां पॉइंट दोस्तों आता है कि उस टाइम पर आपको अरेस्ट मेमो बनवाना है ये चीज दोस्तों मोस्टली नहीं पता होती है लोगों को और ज्यादातर आपने देखा भी नहीं कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करने आता है तो अरेस्ट मेमो वो नहीं बनाते हैं वो सिर्फ उठा के और ले जाते हैं तो इसीलिए अगर आपको ये राइट पता होंगे तो वो बिल्कुल आपके सामने चुप रह पाएंगे आपके खिलाफ बोल नहीं पाएंगे इसी वजह से कहते हैं आप अच्छी तरीके से इन राइट को जानिए समझिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए आठवां पॉइंट कहता है दोस्तों की आपको अरेस्ट मेमो बनवाना है उस टाइम पर जिस टाइम पे आपको गिरफ्तार किया जा रहा, कि रहा है तो आपको किस जगह कि आपके पास क्या क्या सामान बरामद हुआ है फोन पैसे वैसे जो भी होता है आपके पास क्या क्या सामान निकला है तो वो सारा उसमें चढ़ा होता है इस बंदे के पास ये सामान निकला है और इस टाइम पे ये लोग अवेलेबल थे जिनके सामने इसको गिरफ्तार किया है इस पर यह होगा कि कभी भी आगे आपको वो किसी चीज़ में फंसा नहीं पाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जैसे बहुत से आपने देखा होगा किसी भी दूसरे क्राइम में फंसा देते हैं इसी वजह से ये जो पॉइंट्स हैं ये जो राइट्स हैं ये बनाए गए हैं कि आपको किसी दूसरे ऑफेंस में ना फंसा सकें वो ठीक है मान लीजिए उन्होंने अरेस्ट में नहीं बनाया आपको उठा के ले गए और कहीं दूर ले जा आपका इनकाउंटर कर दिया बोल देंगे भैया ऐसे ऐसे था हम लेके जा रहे थे तो इसी पता होना चाहिए ठीक है दोस्तों तो हमारा आठवां था अरेस्ट मेमो वाला अब हमारा जब नौवां आता है वो ये आता है कि जब भी आपको कोई गिरफ्तार करे जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस ऑफेंस के लिए मतलब ग्राउंड ऑफ अरेस्ट किस लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है वो जानना बहुत जरूरी है बिना उसके आपको वो गिरफ्तार नहीं कर सकता ठीक है आप पूछे कि हाँ जी मेरे आपने, मैंने क्या ऐसा क्राइम किया वो आपको प्रॉपर तरीके से बताया कि जी आपने ये क्राइम किया है और इन्होंने आपके खिलाफ एफ आई आर है या हमें इस तरीके से पता चला है ठीक तो आप पूछिए कि मैंने क्या ऑफेंस किया है मैं बिल्कुल आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं लेकिन मुझे बताइए तो सही कि मैंने ऑफेंस क्या किया है तो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्व है जैसे कि कभी भी कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करता है तो आप बहुत घबरा जाते हैं बिकॉज आपको उतनी नॉलेज नहीं होती या फिर आपने आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता बहुत से लोगों का क्या एक्सपीरियंस होता है आते जाते रहते हैं तो उनको इतना दिक्कत नहीं होती लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनका कभी कभार पुलिस से पाला पड़ा होता है वो बहुत घबरा जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास अपना लॉयर चूज करने का या फिर अपना लॉयर से बात करने का अधिकार है ठीक है कभी भी कोई पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है या गिरफ्तार कर लेता है और बोलता है कि बता तूने ये कब किया तो साफ साफ बोलिए देखिए जी आप मेरे लॉयर को बुलाइए मैं तब तक कुछ नहीं बोल सकता ठीक है क्यों क्योंकि जब आपका लॉयर आ जाएगा तो वो आपकी सारी चीजों को सुनकर आपको समझा सकेगा कि हाँ क्या बात है क्या आपको बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए तो ये सारी चीजें आपको बहुत ईजिली वो समझा देगा क्योंकि हमको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि पुलिस वालों को किस तरीके से बात बतानी है आप तो भी अपने बिल्कुल सीधे तरीके से शांति से जैसे भी करेंगे आप बता देंगे लेकिन पुलिस वाले तो पूरे चतुर होते हैं ठीक है वो आपसे इस तरीके से बात निकलवाएंगे कि आप ना चाहते हुए भी बात को कबूल लेंगे इसी वजह से कभी भी कुछ ऑफेंस होता है कभी भी कुछ बात होती है अपने लॉयर से कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिए उनके साथ जो बात है वो बिल्कुल तरीके से बिल्कुल सच्चाई के साथ शेयर कीजिए ताकि वो आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्प कर सकें तो दोस्तों आज के कुछ ये दस पॉइंट थे जो कि हर व्यक्ति को पता होने चाहिए और जिसके बेस पर जब पुलिस वाले हैं वो भी आपसे थोड़े से घबरा जाएंगे क्योंकि उनको पता होगा इसको भैया नॉलेज है और ये हमारी खाट खड़ी कर सकता है ठीक है तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी मिलते हैं एक और नई वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद कोई डाउट हो या कोई टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ में आता हो आप कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम पे हमसे कांटेक्ट कीजिए आपका जवाब जरूर मिलेगा और आपके उस टॉपिक के ऊपर हम एक और नई वीडियो बनाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद